हाय फ्रेंड्स बिलाल हेमंद और आप देख रहे हैं टिप्स 2022 आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जी मेल अकाउंट पर दो तीन या चार से ज्यादा YouTube अकाउंट कैसे बना सकते हैं इसका क्या तरीका है सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर यूट्यूब ओपन करना है जैसे ही YouTube ओपन होगा जो आपकी आईडी लगी हुई है YouTube पे, जो आपका, आपका ये लगा, लगा हुआ है, आइकॉन आपके चैनल सामने ये चीजें आ जाएंगे आपने अकाउंट के ऊपर ये आप इसके ऊपर क्लिक करना है एड और चैनल जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके आप जितने भी, भी चैनल होंगे आपका एक चैनल दो चैनल करूंगा थोड़ी लोडिंग होगी आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा आप एक से ज़्यादा चैनल चैनल भी एक ही अकाउंट पर, पर बना सकते हैं जित्रे हैं जित्रे मर्जी चैनल बनाएं और जो जो मैं आपको बात बताऊं लोग आपसे कहते कि ऐड लगी होती है कुछ वीडियोस पे हम आपका चैनल वीडियो करेंगे वो ऐसे ही एक एक चीज में अकाउंट पर कितने कितने अकाउंट बनाकर बैठे होते हैं अगर आप भी अपने चैनल को ग्रो करना चाहते हैं तो आप यही तरीका इस्तेमाल करेंगे एक चीज अपने जी जी से 15, 20, 25, 30 अकाउंट उनसे ही सब्सक्राइब करते करते जाएं अपने लाएक लाएक करते जाएं अपने जाएं लाइक्स व्यूज इस तरह सर्च आएगा फिर दूसरे लोग भी, लो भी आपके लो लो तक पहुंचेंगे सब्सक्राइब आवर चैनल आपको